हेलो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और कमेंट करना और चैनल पर नहीं होते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों आपके पास तो नोटिफिकेशन चल जाएगा तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है इस एप्लीकेशन से जो है आप जो है टैग कैसे डाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं अप्लीसन का लिंग मैं वीडियो डिस्ट्रेंट भेज दूँगा वहाँ से जो है आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर प्ले स्टोर पर क्लिक कराऊँगा जैसे आप प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं आपको आप जैसे ही प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों आपको जो है क्लिक करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है टूल्स जो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है जैसे दोस्तों आप यू टूल्स को क्लिक कर लेते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम ट्राई पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों मैंने नेटवर्क को ऑफ कर दिया था तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो आपको जो इस अप्लीकेीकेशन को जो है डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है तो चलिए दोस्तों यहाँ से जो है हम बेक आते हैं यहाँ पर दोस्तों आप जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है वाई स्टूडियो को जो आपको ओपन करना होगा जैसे दोस्तों आप वाई स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि टेक आपको जो है कहाँ से लेना है तो दोस्तों आपको जो है इस कोई भी वीडियो में आपको जो है क्लिक कर देना है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे कोई भी वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर जैसे दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है एक एक वीडियो पर मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है एडिटिंग पे आपको क्लिक करना है रूल के ऑप्शन पे जैसे आप रूल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा रूल वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर आ चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन पर आपको क्लिक करना होगा जैसे दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ पे क्या टैग डालूँ तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊँगा टैग के बारे में तो दोस्तों यहाँ से जो हम बैक आते हैं अब यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने एक डाउनलोड करवाया था उसको जो आपको ओपन करना है तो चलिए दोस्तों मैं उस उप, उस एप को जो है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे तो वो टूल्स को जो आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो आगे क्या करना है आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है की आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे दोस्तों आपको जो है फास्ट में जो है पे इंटर की बोर्ड पे आपको जो है यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी का वीडियो दोस्तों बनाते हैं उस वीडियो को जो है आपको जो है सर्च करना है जैसे तो अर्निंग से रिलेटेड या फिर ब्लॉग ब्लॉग से रिलेटेड यहाँ पे दोस्तों अगर आप कोई भी रिलेटेड वीडियो अगर आप बनाते हैं कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो तो आपको यहाँ पे वही सर्च करना है दोस्तों तो चलिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम सर्च करने वाले हैं अर्निंग एप दो तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्निंग एप दो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री के यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे अपना देश का नाम जो है यहाँ पे डाल देना जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया यहाँ पे डाल देता हूँ तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम इंडिया डाल रहे हैं तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इंडिया डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है क्या करना होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको जो है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है तीन ऑप्शन दिया गया है नीचे में यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे जो है क्लियर यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे सर्चिंग से, का दोस्तों तो आपको जो है यहाँ पर दोस्तों सर्चिंग पे आपको जो है क्लिक करना होगा तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पर सर्चिंग पे क्लिक कर लेते हैं जैसे दोस्तों आप सर्चिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है जैसे आप यहाँ पे सबसे नीचे आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्ल्यू एलाउ पे आपको क्लिक कर रहा होगा जैसे आप यहाँ पे ब्ल्यू एलाव पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो काफ़ी सारा यहाँ पे टैग आ चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है को जो है मैं एग्जाम्पल के लिए कॉपी करके आपको दिखाता हूँ इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर टैग मिल जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर कॉपी आपको यहाँ पर कर लेना है यहाँ पर कॉपी करने के बाद जो आपको यहाँ पे ओ टी स्टेडो आ जाना है आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पेस्ट कर, पे कर, पे कर देना है जैसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो दोस्तों आने के बाद जो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे दोस्तों आपको बेक आ जाना है यहाँ से दोस्तों आपको जो है सेव कर लेना है तो चलिए हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं सेव करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ से बेक आ जाना है आपको यहाँ पे दोस्तों आपको दोस्तों दोबारा उसी को ओपन करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों तो, अब दोबारा जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे आपका एक एक थोड़ा सा काम बचा हुआ है तो आप यहाँ पे तो दोस्तों सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक का ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है टेक कैटेगरी कमेंट तो आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है एड टैग का ऑप्शन दिया गया है तो आपको एड टैग्स पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो टैग आपने वहाँ पे यूज किया उस टैग को जो आपको यहाँ पे यूज कर लेना है तो चलिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको जो है पे कॉपी पेस्ट कर देना है आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे जो टैग जो है यूज हो चुका है तो चलिए दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना कॉमेंट कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिलऑन को ऑल प्रेस कर देना तो चले उसको मिलते हैं